मेरा बहुत मुँह के अंदर बहुत ज़्यादा है। हेलो फैमिली आज हम लोग हम खाने वाले हैं ये रहा तिलोरी और ये पापड़ और ये सब्जी और ये एप्पी फिश देखते हैं कितना खा पाते हैं लेट्स स्टार्ट वन टू थ्री गो मेरा बहुत मुँह के अंदर बहुत ज़्यादा चल गया है इसलिए मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ खाना लेकिन मैं अभी और खाता लेकिन मुँह के अंदर जो है बहुत बड़ा चल गया है जिलन हो रहा है थैंक यू